बहुत से लोगों ने गीता को देखा है, पढ़ा है पढ़ा और सुना है। आज मैं आपको एक ऐसे गीता के बारे में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी उसके बारे में आपसे बता रहा हूँ एक ऐसा गीता है जो डिजिटल है ये देखिए मैं गीता को आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये इसके फ्रंट का पी, पी कवर है और इसके अंदर ये देखिए धीरे धीरे खुल रहा है और ये पूरा गीता बाहर निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ये महापुराण 18 भाषाओं में और 18 अध्याय के साथ उपलब्ध है जिसके साथ एक फ्रूट भी है इसको टच करके इसके किसी भी पेज पर पे, इसका एक पेज है इस पर हम टच करेंगे और ये अपने अंदर का कुछ जो अध्याय आप सुनना चाहेंगे उसके बारे में आपको बताने लगेगा ये डिजिटल गीता का डिजिटल फ्लूट है जो जिसका मेन कार्य होता है कि हम पूरे अपने गीता को ना खोलना चाहें बस इसके किसी मी, इसके मीनू के किसी पॉइंट पे क्लिक करें और वो अध्याय हम घर बैठे अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक सुन सकते हैं और देखिए इसको हम इसको ऑन करते हैं तो ये शुरू भगवती वासुदेव के नाम से ये ऐसे ओपन हो रहा और ये देखिए अध्याय का नाम दिया हुआ है हम किसी भी अध्याय पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद ये आप उसको युद्धभूमि में सामने खड़ी पांडव सेना को देख उसका वर्णन सेनापति द्रोणाचार्य से करता है वो द्रोणाचार्य को और भी अच्छी तरीके से समझा देना चाहता आप सुन सकते हैं इस सेना में सिर्फ तरह भीम और अर्जुन ही नहीं बल्कि जब बंद करेंगे अनेक गंभीर योद्धा भी शामिल है बंद करते समय भी ये उच्चार के साथ